मुस्तफा जान रहे मत पिला खो सदायत पिला खो सलाम मुस्तफा जान रहे मत पिला समोबस मेंदायत पिला खो सलाम ताँच रे हरम नो पे सपा अति पिला खो सला मुस्तफा जान रहे मत शम्ण शम्ण बद बद पिला सलाम में हिदायत सलाम जिस तरह उठ गई पिला खो मुस्तफा जान रहे मत पिला खो सलाम क्षमा बद में हिदायत फिल्म सलाम एक मेरा पिला खो सलास्तफा जान रहे मन पिला खो सला क्षमा बज में हिदायत पिला खोसला काश में शरण में जब उल्टी जो खो सलाम मुस्तफा जाने रहे मत पिला खो सलाम में शबायत पिला को सलाम जिसने मत मजी हो गए आलो सिर पला को सला मुस्तफा जान रहे मत पिला खो सला दायत पिला को सला दूर नजदीक के पला खो सलाम मुस्तफा जाने रहे मत पिला खो सलाम समय बजी में दायत पला को सलाम सख्स मात के सी कहे पला खो सलाम।, सलाम।, सलाम मुस्तफा जान रहे मत पला खो सलाम क्षमा बस में हिदायत पला खो सलाम मुस्तफा जान جمع البس